जो तो भगत बीज पलटे नहीं जो जुग जा चले ची अवतरे रहे संत को संत कबीरा कमाई आपकी की कबो नन से फल जाए सो को संका जीव धरे मिले अगा तो कबीरा ये जग निर्धन धनवन तो नहीं कोई धनवन तो ता ताई जानिए जब राम नाम धनव मेरे राम मुझे अपना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना दुखी दिन को दात बना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना मेरे नाम मुझे खाई थी बहुत श्रीनाथ छूटे जगत के प्यार बल इसीलिए तो आया हूँ सीतापति तेरे द्वार पर अब तारों न तारों नाथ अब तुम्हारे हाथ है अगर नहीं तारोगे तो बदनामी भी तेरे साथ है अबे नाम कलाज बचा लेना अबे नाम कलाज बचा लेना दुखी दिन को दात बना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना मेरे राम है अपना लेना, अपना लेना। गणिका गिदिया जामिल की खबर ली नहीं आपने भक्ति भी, भी नाथ मुक्त कर, नी कर दी आपने नीच गणिका गिदिया जामिल की खबर नहीं नहीं आपने भक्ति द्वार भी मुक्त कर दी आपने भक्त लाखो आप पर सर्वस्व निछावर कर गए ना कर गये पापी हजार तर गए उन्हें अधमो के साथ मिला लेना उन्हें अधमो के साथ मिला लेना दुखी दिल कदास बना लेना मेरे अपना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना मेरे राम काम क्रोध आदि लुटेरों का तार दियो वास है को का बोझ है अधमो की संगत साथ है काम क्रोध आदि लुटेरों का चारिदियों बात है को का बोझ है अधमो की संगत साथ है पवन माया की चली हम हमर के साथ हैं इस बीच बेड़ा भोसागर में बिंदु का बैठा नाथ है बेरा धार से किनारे लगा देना बेड़ा धार से किनारे लगा देना दुखी दिल का दात बना अपना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना दुख दिन को दात बना लेना मेरा राम मुझे अपना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना मेरे राम मुझे अपना लेना